बाबा बाबा। भेज रहा खुश रहो बच्चा खुश रहो। बिराजो, बिराजो कौन समस्या है, है है। बच्चा? बाबा नहीं देखते अमीर बन सके तमकू बहुत खाते के रेखा बतावत खाई से। बता कहानी बताई थे जैसे तुका खजाने खजाने बताओ खजा बहुत समय पहले की बात है बच्चा आ, बाबा। राजा रहे जगह एक रानी रहे बाबा तू गलत कहा था राजा रहे उनके दो रानी रहे तू सही कहा था बच्चा ये खजाना रहा बच्चे बहुत बड़ा कुआं रहने बाबा फिर तू गलत कहा था उनके एक बहुत बड़ा है और मैं खजाना कुआर आन है तो फिर कहा चाहता बच्चा क्यों तो समझाता तो का, तो तो चुप रहा यार बा, बाबा तू तो आगे बच्चा तू समझदार हम तू का एक नक्शा नक्शद नहीं जाए लेकिन हमारा हिस्सा ना भुलाया बच्चा खजाना बहुत देखिए हाँ बाबा तू सही कहा था नक्सवा है लेकिन कही Oh no. खाना जाए, फिर चली जाए खजाना है चला बाबा झूठ मतलब कि खजानों में हमारे पास जुआड़ है लगा नक्शा पर पड़े चलते मिले खजन हुआ सही लागत है आवा लागत अच्छी से बनाओ गाना लाउड माइक और देखि दो चला पता नहीं चला बड़ा खाना ना खाए चला अपना खाना ना खाए